मेरा गांव, मेरा अभिमान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले के चंद्रशेखर आज़ाद नगर जनपद की ग्राम पंचायत बरझर जी हाँ हम बात कर रहे हैं ग्राम बरझर की जो जिला मुख्यालय अलीराजपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी व जंगल के बीच बसा हुआ एक आदिवासी बाहुल्य गांव है जिसकी जनसंख्या पंद्रह हजार व परिवार निवास करते हैं बरझर ग्राम में स्वच्छता लाने हेतु पंचायत तथा जिला पंचायत द्वारा ग्रामीणों की दिनचर्या में परिवर्तन लाने हेतु अनेक प्रयोग किए हलस्वरूप आज ग्राम पंचायत बरझर में स्वच्छ जल स्वच्छ सड़कें स्वच्छ नालियां हैं ग्राम के प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण किया गया है तथा बाहर से आने जाने वालों के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी किया गया है बरझर के प्रत्येक घर में गीला तथा सूखा कचरा अलग अलग रखे जाने हेतु दो डस्टबिन उपलब्ध कराए गए हैं गांव के प्रत्येक घरों से गीला तथा सूखा कचरा इकट्ठा किए जाने हेतु कचरा वाहन भी प्रतिदिन सुबह 8 से शाम 4 बजे तक पूरे गांव से कचरा इकट्ठा कर उसका उचित प्रबंधन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है आज बरझर की प्रत्येक गलियां एवं सड़क साफ सुथरी है क्योंकि स्वच्छता आज एक संस्कार बन गई है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा ग्रामीणों की जीवन शैली में जो परिवर्तन लाने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया गया है फलस्वरूप ग्राम पंचायत बरझर दो वर्ष पूर्व ही खुले में सोच से मुक्त हो गई है और आज ये ग्राम पंचायत ओ प्लस घोषित होने जा रही है आज बर्झर में निवासरत प्रत्येक परिवार स्वस्थ एवं प्रसन्न है ग्रामीणों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन को धन्यवाद गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल देख देख देख तू यहाँ वहां न फेंक देख पहले की बीमारी होगा सबका बुरा भैया गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाड़ी गाड़ी गाड़ी वाला वाला वाला या या घर घर घर से से से कचरा कचरा कचरा निकाल निकाल निकाल बर्झर में, में सफाई बहुत अच्छे से होती है और आ, ऐसे तो डेली सुबह झाड़ू निकलती है शाम को गाड़ी आती है स्वच्छ भारत के लिए तो गीला कचरा गीले में डालते हैं और सूखा कचरा सूखे में डालते हैं और दुकान के आसपास या कहीं भी कचरा दिखता है तो उसको हम डस्टबिन में डालते हैं मेरा नाम हिमेश मलिक है मैं मंदिर के सामने मेरा घर है मैं यहीं पर रोज सफाई करता हूँ और घर पे भी सफाई रखता हूँ घर और ग्रामों से निकलने वाला निकलने वाला गीला व वा सूखा कचरे के लिए गाड़ी चलाई गई है इसके अतिरिक्त गांव में सड़क बिजली पानी सारी सुविधाएं उपलब्ध है और मेरा गांव आज साफ व स्वच्छ है और मेरे गाँव वासियों अपील करती हूं कि मेरे गांव में स्वच्छता बनी रह आदिवासी बाहुल्य जिला अलीराजपुर में बलझर ग्राम पंचायत एक मिसाल के रूप में सामने आ रही है हमारा ज़िला काफ़ी पहाड़ी है और बसाहटे भी बहुत दूर दूर है तो बजर पंचायत में जो डो -डो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन चल रहा है वह कार्य वाकई में सराहनीय है मैं आने वाले समय में चाहती हूँ कि बजर जैसी कस्बाई पंचायत जल्द ही ओडीएफ प्लस घोषित हो